फेशियल की का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत काटड़ा डॉक्टर शिवानी काटरा कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रामा सेंटर आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स चौराहा नमस्कार आप देख रहे हैं फर्स्ट फाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निलो फरनसारी मेरठ के एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार का 20 लाख की रिश्वत मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अनिरुद्ध कुमार व्यापारी से कहते सुनाई पड़ रहे हैं इतना लेट करके मत भेजिए साथ ही ये भी पूछा कितना भेज रहे हैं जिसके जवाब में व्यापारी अर्ज करता है कि आज हम 10 या 20 लाख भेजेंगे साथ ही ये भी कहता है कि भैया इतनी मोटी रकम खाते से निकालने पर शक नहीं होगा क्या 10 लाख रुपए जब अकाउंट से निकलते हैं तो दिक्कत होती है वीडियो के आखिर में अनिरुद्ध कुमार ये भी कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मिनिमम 20 लाख रूपये शाम तक भेजिए बाकी मैं बताता हूँ नजर डालिए इस वीडियो तो उसका ठीक है कितना उस... भेज रहे हैं ऐसा है की मस... आज हम टेन या ट्वेंटी भेजेंगे नहीं भैया निकालते हुए सस्पेंशन नहीं होगी लोगों को दस लाख रूपया जब अकाउंट से निकलता है चारों तरफ अकाउंट में इचेफ से निकल रहा है दिक्कत है? मिनिमम मिनिमम ट्वेंटी अच्छा ठीक है जी आपको बाकी मैं तरीका बताता हूँ ठीक है और सेकेंड चीज हालांकि एस पी देहात अनिरुद्ध कुमार ने सफाई में कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये वसूली नहीं ट्रैप था और मैं कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं कर सकता हूं ये वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद डीजेपी मुख्यालय ने जांच बैठा दी है साथ ही तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है वैसे ये वीडियो दो साल पुराना बताया जा रहा है इस वीडियो के के वायरल होने बाद विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं जिस पर अखिलेश ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस की वसूली के इस वीडियो के बाद क्या बुलडोजर की दिशा उनकी तरफ बदलेगी या फिर फरार आईपीएस की सूची में एक नाम और जोड़कर संलिप्त भाजपा सरकार ये मामला भी रफा दफा करवा देगी इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी ट्वीट में लिखा गया है कि ये आईपीएस अनिरुद्ध सिंह हैं जो इन दिनों मेरठ में तैनात है सरेआम एक व्यापारी से पूछ रहा है आज कितना भेज रहे हैं फिर कहते हैं मिनिमम 20 लाख भेजिए यानी बिना लाख लपेट बीस लाख का डिमांड आगे लिखा है वैसे इतना धन अकेले पचाना है या खादी सफेदी से लेकर भगवादारी तक सब मिलकर निकलने वाले हैं अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना करना सब्सक्राइब ना भूलें। नमस्कार फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुल मेरठ